hodiye feel like i'm floating through the pain i felt is painful all this sad style baburao ka style ye baburao ka style chalo bhai dekho apne kya kar समझ रहे हो? समझ रहे समझ रहे हो ना नहीं करे तू पैसा कोई बात नहीं हम तो चूती हैं, दोबारा ट्राई करेंगे और क्या चोर के है हम पे Now I must conclude I am conflicted what should I set still hanging in the balance not the light I want to live I want to take it off with me with me चलो भाई देखो अपने क्या खोपड़ी तोड़ रही खोपड़ी तोड़ साली बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना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 The story's over now I must conclude I am conflicted what you want I said still hanging in the violence not the light I want to live I want to take it all standing I love you my other self in you तो आपको भेज तेरे बस की बात नहीं समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना